नमस्कार दोस्तों आप लोग कैसे हैं इस एपिसोड में आपका स्वागत है आज हम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक के बारे में बात कर रहे हैं हमारा पर्सनालिटी यानी कि हमारा व्यक्तित्व चाहे आप एक अच्छा पहला प्रभाव बनाना चाहते हैं या अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं या बस अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनना चाहते हैं एपिसोड आपके लिए है तो वास्तव में पर्सनैलिटी क्या है और यह महत्वपूर्ण क्यों है व्यक्तित्व लक्षणों व्यवहारों और विशेषताओं के अद्वितीय संयोजन को संदर्भित करता है जो हमें हम से प्रत्येक को वह बनाता है जो हम हैं यह एक बड़ी भूमिका निभाता है कि हम दूसरों के साथ कैसे बातचीत करते हैं हम तनाव और चुनौतियों को कैसे संभालते हैं और हम जीवन को कैसे देखते हैं अच्छी खबर यह है कि हमारे व्यक्तित्व पत्थर की लकीर नहीं है और हम उन्हें विकसित करने और बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं पहला अपने आप को जाने आप कौन हैं और आप किस चीज के लिए खड़े हैं इस पर चिंतन करने के लिए कुछ समय निकालें यह आपको अपनी ताकत और कमज़ोरियों की पहचान करने में मदद करेगा और आपको एक स्पष्ट विचार देगा कि आप कहा जाना चाहते हैं दूसरा आत्म देखभाल का अभ्यास करें अपने शारीरिक मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की देखभाल करना एक मजबूत और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व के विकास की कुंजी है तीसरा अपने आप को सकारात्मक प्रभावों से घेरें ऐसे लोगों की तलाश करें जो आप में सर्वश्रेष्ठ लाते हैं और आपको अपना सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित करते हैं चौथा खुले विचारों वाले बने नई चीजों को आजमाने और विभिन्न दृष्टिकोणों से सीखने के लिए तैयार रहें यह आपको अपने क्षितिज को व्यापक बनाने और अधिक पूर्ण बनने में मदद करेगा पांचवा लक्ष्य निर्धारित करें और उनकी ओर काम करें स्पष्ट लक्ष्य होने और उनके प्रति काम करने से आपको उद्देश्य और दिशा का बोध होगा और आपको स्वयं की एक मजबूत भावना विकसित करने में मदद मिलेगी तो दोस्तों अब आपके पास यह है अपने पर्सनालिटी बढ़ाने और खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनने में मदद करने के लिए बस कुछ सरल टिप्स याद रखें पर्सनैलिटी विकास एक जीवन भर चलने वाली यात्रा है इसलिए धैर्य रखें और इस पर काम करते रहें इस व्यक्तिगत विकास यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद हमें उम्मीद है कि आपको ये टिप्स मददगार लगे होंगे